तो गाइज़ जैसा कि आपने देखा यहां पे मैं आपको दिखा दूं यहां पे इसकी जो आप यहां से देख सकते हैं मैं आपको टच करके भी सारी पिनों के बारे में नॉलेज दे देता हूं बाकी आप एक चीज़ डायरेक्टली देख सकते हैं यहां पे पूरा ये वाटर डैमेज हो, हो गया है जैसा कि आप देख सकते हो सारा यहाँ पे वाटर डैमेज हो गया है हमें यहाँ पे सारी चीज़ें चेंज करनी होगी सबसे पहले तो हमें सबसे पहले इसका डायोड चेंज करना होगा यहाँ पे कैपेसिटर चेंज करना होगा और यह इसका बूस्ट कॉइल ये तीनों हमें कॉम्प्लेट को चेंज करना होगा फ्रेंड उसके बाद अगर नहीं होता है तो हमें फिर आइस को बारह बॉल की आई लगी हुई है अगर मैं थोड़ा सा और आपको जूम करने की कोशिश करूँ दिखाने की कोशिश करूँ तो आपको मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ यहाँ पर ये यह बारह बॉल कैसे लगी मैंने इसलिए क्लियर नहीं किया है कि यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी डरा रस्ट है और यहाँ पर देख सकते हैं ये वाटर डैमेज के कारण यहाँ पे देख सकते हैं रस्टिंग हो चुकी है और इसके बाद यहाँ पे मैं इसकी पिन की सप्लाई जो मैं बता दूँ तो इसकी जो फर्स्ट वाली पिन है ऊपर से मैं आपको थोड़ा सा टच करके दिखा देता हूँ इसकी सप्लाई के बारे में आपको बता दूँ सप्लाई हमारी ओके है जो हमारी वोल्टेजेज आने चाहिए चार वोल्ट वो हमारा प्रॉपर आ रहा है इसकी जो फर्स्ट पिन है वो हमारी एनोट की लाइन है बाकी जो हमारी थर्ड और फोर्थ है वो हमारी कैथोट की लाइन है और इसकी जो नाइन नंबर है वो उसकी सी की लाइन है कंट्रोलिंग की लाइन है तो मैं फिर से रिमांड कर दे रहा हूँ फर्स्ट वाली है फ्रेंड इसकी कैथोट की लाइन सेकेंड एन है ग्राउंड उसके बाद थर्ड है इसका फ्रेंड मैं बता दूं कैथोट की और सेकेंड भी फोर्थ भी इसका कैथोड की है तो ये इसका लाइट सेक्शन है फ्रेंड यहाँ पे एक कॉम्प्लेंट और लगा हुआ था जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके बाद ये देख सकते हैं ज़्यादा सा यहाँ पे थोड़ी रस्टिंग है तो चलिए इस वीडियो को हम आपको करके दिखाएंगे प्रॉपर की काम होता है कि नहीं होता है फ्रेंड तो चलिए वीडियो को आप वैसे ही बने रहे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे तीन कॉम्प्लेट चेंज करने वाला हूँ सबसे पहले यहाँ पे डायवर्ड और यहाँ पे एक बूस्ट कॉइल और यहाँ पे इसका कैप्सीटर ये तीन चीज़ हम चेक चेंज करेंगे उसके बाद देखेंगे कि हमारा काम होता है कि नहीं अगर हो जाता है तो ठीक है नहीं होता है तो फिर हमें इसकी बारह बॉल के एसी को भी रिप्लेस करना होगा तो चलिए वीडियो को ऐसे ही बने रहे हैं गाइस जो इसमें हमने काम किया है मैं आपको बता दूं ये हमने एक डायोड और ये हमारा बूस्ट कॉइल जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी लाइट ऐसी लगी हुई है नो बॉल की लाइट ऐसी है तो हमने इसका फाइनली चेंज कर दिया रिप्लेस कर दिया आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन था और मैंने यहाँ पे कैपसीटर को भी रिमूव कर दिया है आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक लगा था और उसको हमने रिमूव कर दिया है अगर आप कोई प्रॉब्लम होता है तो इस कैप्सीटर को आपको लगाना होता है क्योंकि ये हमारा आउटपुट का कैपसीटर होता है तो आउटपुट का कैपसीटर आपको लगाना होता है तो फाइनली ये फ्रेंड देखते हैं हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ हमने यहाँ पर प्रॉपर वर्क किया हुआ है ये आप देख सकते हैं जो यहाँ पे कार्बन था सारी चीजें यहाँ पे अभी भी दो भी कार्बन आपको दिखाई दे रहा होगा बट ये जो बूस्ट कोयल था बूस्ट कोयल हमने चेंज किया और यहाँ पे डायोड को भी हमने चेंज किया उसके बाद एक कैपेसिटर भी आपको रिप्लेस करना पड़ता है अगर उसके बाद भी नहीं होता तो आपको फ्रेंड अगर यहाँ पे ईएन चेक करना होता है यहाँ पे एक हमारा रजिस्टर है जैसा कि आपको मैं चेक करके थोड़ा सा दिखा दूँ यहाँ पे एक रजिस्टर है ये देख सकते हैं यहाँ पे ये ईएन वाला रजिस्टर है तो यहाँ पर हमारा वन आना चाहिए अगर यहाँ पर वन हमारा नहीं आता है तो फ्रेंड आपको यहाँ से जो भी है इसका बाईपास कर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि हंड्रेड के का होता है ये आपको इस इसकोमेटिक डायग्राम पे पता चलेगा कितने के का रजिस्टर है ये, ये पैलर में लगा हुआ है तो सारी चीज़ें यहाँ पे है तो अभी हम चलिए आपको रीडिंग करके चेक करके दिखा देते हैं प्रॉपर यहाँ पे आ रहा है इसके बाद वोल्टेज भी आपको दिखा देंगे कि वोटेज हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो गई वीडियो को लास्ट दिन तक आप देखते रहिएगा तो मैं अब मैं आपको यहाँ पे इसके वोल्टेजेस पहले आपको रीडिंग चेक करके दिखाऊँगा उसके बाद इस पर यहाँ वोल्टेज चेक करके आपको दिखाऊंगा तो ये आपका वन पॉइंट एट आता है और ये हमारा इनपुट का है ये हमारा आउटपुट का है ये आउटपुट का है हमारा यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, फ्रेंड्स टच करके ये हमारा आउटपुट का है ये आउटपुट यहाँ पे जाने के बाद ये आउटपुट पे लगे हुए हैं दो कैप्सीटर्स उसके बाद यहाँ पे कनेक्टर पे आप जाएंगे तो कनेक्टर का भी एक कॉम्प्लेट यहाँ पे जल गया था ख़राब हो गया था यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कनेक्टर लगा हुआ था वहाँ पे भी एक जल गया था तो इसको भी हमने रिमूव कर दिया है अब यहाँ पे आपको हम करेंगे रीडिंग चेक करके दिखाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे इसके वोल्टेजेस भी चेक करके दिखाएंगे और फाइनली ऑन हुआ कि नहीं हुआ वो भी मैं आपको यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को दिखाते हैं फ्रेंड्स आपको तो चलिएगा इस मैं अभी आपको पहले रीडिंग चेक करा लेता हूँ हमारी ये जो सप्लाई है सही है कि नहीं है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे चेक करके आपको दिखा दूँगा फिर मल्टीमीटर बाजू में रखा हुआ है मल्टीमीटर पर हम रीडिंग भी आपको करके दिखा देंगे तो चलिए फाइनली यहाँ पर हम आपको चेक करते हैं यहाँ पर तो सबसे पहले हम कोल्ड cool टेस्टिंग करेंगे तो कोल्ड cool टेस्टिंग के लिए हम यहाँ पे ग्राउंड कर देते हैं फ्रेंड जैसा कि हमने एक सिरा प्रूफ को ग्राउंड कर दिया अब हम पहले वाले पिन पे इसकी रीडिंग चेक करेंगे तो पहले वाले पिन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ, मैं माइक्रोस्कोप में दिखाना चाहूँगा आपको मैं यहाँ पे आपको चेक करता हूँ तो देखिए मैंने पहले वाले प्रोफे पर रखा है मल्टीमीटर पर दिखाई मल्टीमीटर दिखाई तो हमारी कैथोड की जो लाइन एनोड के लिए जो लाइन है यहाँ पे रीडिंग आ रही है प्रॉपर पहले रीडिंग नहीं आ रही थी तो यहाँ पे जो कॉम्प्रेंट है मैं आपको टच करके दिखा दूँ यहाँ पे एक कॉम्प्रेंट लगा हुआ था यहाँ पे कॉम्प्रेंट लगा था जो कि वाटर डैमेज कारण खराब हो गया था तो हमने वहाँ पर रिमूव कर दिया तो हमारे यहाँ पर कैथोड की लाइन सही है अब यहाँ पे हम एनोड की एनोड की लाइन हमारी सही है कैथोड की लाइन को हम चेक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे कैथोड पर भी हमारी रीडिंग आ रही है कैथोड वन और कैथोड टू ये देख सकते हैं कैथो 2 पे भी रीडिंग हमारी आ रही है यहाँ पे देख सकते हैं और मैंने यहाँ पे पिन भी दिखा दीजिए मैंने जहाँ पे टच किया हुआ है ये देख सकते हैं ये तीसरा चौथे नंबर की पिन इसके बाद जो हमारी नाइन नंबर की पिन है फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और नाइन पे भी देखिए ओयल आ रहा है बट ओयल हमारे यहाँ पे देख होती है सी की लाइन होती है जो कि यहाँ पे आपको क्वान्टिटी देखने को मिल जाएगी ये सी की लाइन है यहाँ पे वन ही आता है तो और जाहिर सी बात अब मैं यहाँ पे आपको मैं वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ यहाँ पे मैं जो जो वोल्टेजेस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं कहाँ पर क्या वोल्टेज आते हैं वो सारा वोल्टेज मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखाता हूँ तो ये मैं आपको फुल सर्किट की नॉलेज के साथ यहाँ आपको बता रहा हूँ आपको ये हमने बताई दिया कि हमने जो यहाँ पे काम किया था बूस्ट कॉल और यहाँ पर डायवर्ट का हमने चेंज किया अगर यहाँ पर काम नहीं होता तो हमें बारह बोल के ए को भी चेंज करना होता तो चलिए यहाँ पर हम कनेक्टर को लगा देते हैं और कनेक्टर को लगाने के बाद पहले तो ये आपको दिखा देते हैं कि लाइट हमारा आया कि नहीं आया फ्रेंड अगर आ जाएगा उसके बाद फिर हम आपको यहाँ पे वोल्टेज भी चेक करके दिखाएंगे क्योंकि हमने शुरू में नहीं दिखाया था क्योंकि कुछ भी दिख नहीं रहा था तो आपको यहाँ पे पता नहीं चलता क्योंकि अगर आप में ये देख सकते हैं ये देख सकते हैं फ्रेंड आई होप हमारा ये जॉप डाउन हो चुका है हंड्रेड सक्सेस हो चुका है क्योंकि कि किसी कस्टमर का या फिर सब्सक्राइबर का यहाँ पर नहीं आ रहा था तो फटाक सा यहाँ पे आपको वोल्टेज भी चेक करके दिखा देते हैं फ्रेंड तो ये मैं यहाँ पे वोल्टेज मोड पर रख देता हूँ और वोल्टेज भी आपको फटाफट चेक करके दिखा देते हैं तो ये मैंने ग्राउंड कर लिया है ग्राउंड कर लिया फ्रेंड तो इसके आप देख सकते हैं डाइवर्ट के सिरे में आपको तीन बोल्ट ही मिलेंगे पर जैसे हम यहाँ पे जाएंगे तो फ्रेंड हमें यहाँ पे देखे थ्री पॉइंट अभी थ्री बोल्ट ही मिल रहा है यहाँ पे अभी आपको देखने को मिल जाएगा ये असली फोन में शायद चला गया यहाँ पे भी तीन बोल्ट हमारे आ रही थी जो हमारे चलिए पहले मैं तीन बोल्ट की बात कर देता हूँ एक एक वोल्टेज आपको मैं दिखा देता हूँ क्योंकि एक साथ आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे सबसे पहली चीज़ की हमें जो तीन वोट आना चाहिए जैसे ही बैटरी कनेक्टर लगा दें चार्जिंग पिन को लगा दें तो हमारा तीन तीन वोट कहाँ कहाँ पर आना चाहिए तो सबसे पहला हमारा आना चाहिए ये देखिए इस डायोड पर भी आना चाहिए इस कॉयल के दोनों तरफ आना चाहिए और इस कैपेसिटर पे ये आउटपुट के भी सारे हमारे यहाँ पे तीन वोल्टेज आने चाहिए अगर तीन बोल्ट आ रहा है मतलब हमारा इनपुट वोल्टेज आ रहा है तो चलिए सबसे पहले तो हम आपको तीन बोल्ट चेक करके दिखा देते हैं कि तीन बोल्ट हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो इस देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीमीटर में फ्रंट की तीन बोल्ट हमारे यहाँ पर भी आ रहा है और ये हमारे आउटपुट भी लाइन पर भी तीन वोल्ट हमारा यहाँ पर बेसिकली भी प्रॉपर तरीके से आ जाएगा ये देखिए तो मतलब ये हमारा प्रॉपर यहाँ पे देखा ये कनेक्टर को ये देख सकते हैं यहाँ पे तीन वोल्ट हमारा प्रॉपर तरीके से आ रहा है अब हम फोन को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद आपको चेक कराएंगे कि हमारा जो बूस्ट वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा फ्रेंड तो चलिए मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ फिर से ये देखिए मैं ऑन कर दिया फ्रेंड अब यहाँ पर सबसे पहले हो सकता है तो मैं ई एम आपको चेक करा दूँ तो यहाँ पर भी आपका थ्री वोल्टेज बन रहा है यहाँ पर और यहाँ पर बूस्ट वोल्टेज आप यहाँ पे देख सकते हो बाईस वोल्टेज बन रहा है फ्रेंड ये हमारा बूस्ट वोल्टेज बन रहा है अगर ये बूस्ट वोल्टेज हमारा नहीं बनता तो हमारा काम नहीं होता क्योंकि लाइट आ रहा है फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लाइट आ रहा है ये आ, देख सकते हैं और यहाँ पे जो हमारा बूस्ट वोल्टेज है वो 22 वोल्टेज भी आपको हमने यहाँ पे दिखा दिया है ये देख सकते हैं यहाँ पे बाईस वोल्टेज हमारा फ्रेंड तो आई होप आपको ये जो वीडियो था फ्रेंड मैंने फुल डिटेल के साथ ये बनाई है यहाँ पर आपको तो आइए वीडियो आपको अगर समझ में आया क्योंकि मैंने वोल्टेजेस और रीडिंग के साथ पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने इनपुट वोल्टेज भी चेक कराया और आउटपुट वोल्टेज बूस्ट वोल्टेज कप है सारा चीज भी आपको हमने करके दिखाया तो यहाँ पे लाइट का जो हमारा प्रॉब्लम था ये हमारा रेडमी एट का है प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है इसमें लाइट प्रॉब्लम था फ्रंट और ज़्यादा जा, तीर आपको मैंने दिखाया था वहाँ पर सारी चीज़ें तो चलिए ठीक है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा या आपको फुल ट्रेसिंग उन्होंने बताया कि कौन सी एनोड की लाइन कैथोड की लाइन में क्या क्या लगा हुआ है ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे ट्रेस करके आपको दिखाया हुआ है फ्रेंड तो आई होप भी आपको समझ में आया होगा इसका फाइनल हमने क्या किया है इसका बूस्ट वायल और यहाँ पर हमने डायट को चेंज किया है अगर उसका चेंज करने से नहीं आता तो आपको नाइन ये बारह बॉल के आई को लाइट ए को चेंज करना होता थैंक यू सो मच मिलती है किसी नेक्स्ट वीडियो में आपने देखा और अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा